Welcome to Welcome CS, to CS, education. दोस्तों नमस्कार हम आज आपके सामने लाए हैं जीव जंतुओं में सबसे बड़ा सबसे लंबा और सबसे छोटा इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होता रहे पहला है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी सब विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शत्रुमुर जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं तो नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी सबसे छोटा पक्षी है हमिंगवर्ड जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं नेक्स्ट है सबसे बड़ा वर्तमान जंतु सबसे बड़ा वर्तमान जंतु है नीलवैल जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं नेक्स्ट है सबसे छोटा जंतु सबसे छोटा जंतु है अमीबा जैसा कि आप फोटो में देख सक रहे हैं अगला है सबसे बड़ा स्थलीय जंतु सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जंतु होता है अगला है सबसे छोटा स्तनधारी सबसे छोटा स्तनधारी होता है छछुंदर छछुंदरी जो होती है वो सबसे छोटी स्तनधारी है नेक्स्ट है सबसे लंबा स्तनी सबसे लंबा स्तनी है जिराफ नेक्स्ट है सबसे बड़ा सर्प सबसे बड़ा सर्प है अजगर जिसको एनाकोंडा भी कहते हैं अगला है सबसे बड़ा पुष्प या फूल सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेक्सिया नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं अब आगे हम बताएंगे आपको मनुष्य में सबसे बड़ा अंग और सबसे छोटा अंग तो चलिए चलते हैं पहला सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं होती है मोनोसाइट्स नेक्स्ट है सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है लिम्फोसाइड्स नेक्स्ट है सबसे बड़ी शिरा सबसे बड़ा वेन जो है वो है इंफीरियर वेन में कौआ नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एरोटा नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत जिसको लीवर कहते हैं नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतस्त्री ग्रंथी सबसे बड़ी अंतस्त्री ग्रंथी है थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतस्त्री ग्रंथी है आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होता रहे